नमस्कार राम राम दर्शकों स्वागत तो सभी का आपके चैनल बारह पे 12 अगस्त 2018 का दैनिक राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है मेष से लेकर मीन राशि संपूर्ण राशिफल पर चर्चा करेंगे शुभ अंक शुभ रंग व आपके भाग्य को कैसे बदला जाए इसके लिए संपूर्ण महा उपाय बताएंगे बने रहिएगा अंत तक दर्शकों हमारे साथ यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में बना बेल आयकन दबाइए और दर्शकों एक बात और कि 18 और 19 अगस्त को हम दिल्ली में आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग तैयार रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं चलिए पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं शुक्ल पक्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष और विक्रम संवत है 2075 आज है देखिए दर्शकों ग्यारह मिनट तक की प्रतिपदा तिथि रहेगी उसके उपरांत द्वितीय तिथि लग जाएगी नक्षत्र रहेगा असलेसा रात में इक्कीस बजकर 28 मिनट के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा और चंद्रमा का जो आज गोचर रहेगा सिंह राशि पर आज इसका गोचर रहेगा चलिए सूर्योदय की बात करते हैं तो सूर्योदय होगा प्राथम पांच बजकर 48 मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को सात बजकर 3 मिनट पर दर्शकों हमारा ये पंजांग भारत की राजधानी नई दिल्ली को स्टैंडर्ड मान करके बनाया गया है तो उसी के अनुसार आप लोग भी देखिएगा देश काल परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ी बहुत इसमें जो है डेट में आगे पीछे को नहीं करना है। तो सत्रह बजकर इक्कीस मिनट से अठारह बजकर के उनसठ मिनट तक की राहुकाल रहेगा तो शुभ कार्य करने के लिए अमृत काल का आज जो समय रहेगा शाम को उन्नीस बजकर उन्नीस मिनट से बीस बजकर चौवालीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये अमृत काल का रहेगा और विजय मुहूर्त एक आपको और बताए दे रहे हैं बारह बजकर इकतीस मिनट से बारह बजकर पचपन मिनट तक का जो मुहूर्त रहेगा ये विजय मुहूर्त रहेगा आज का जो दिशाशूल है दर्शकों पश्चिम दिशा की ओर दिशा है यदि बहुत आवश्यकता ना हो तो पहली बात तो आज आप लोग यात्रा मत करिएगा फिर भी यदि किसी कारणवश आज आपको यात्रा करनी पड़ जाती है तो आपको जो है घी खा करके और थोड़ा सा गुड़ भी खा करके आप जो है यात्रा कर सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों आज रविवार के दिन जो है आपको कोशिश करनी है नमक नहीं खाना है नमक का सेवन मत करिएगा पान खा सकते हैं पान और घी खा करके यात्रा कर सकते हैं तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा पंचांग होता है ये पांच अंगों से मिलकर बना होता है ये पांच अंग कौन कौन से है तो तिथि वार नक्षत्र योग करण ये पांच अंग हमारे पंचांग के हैं दर्शकों आप लोग जो है कमेंट करते रहिए फटाफट और एक बात और बताएंगे दर्शकों आप हमारे फेसबुक पेज पर देखिए अभी तक नहीं गए हैं आप फेसबुक पर चले जाइए और वहां पर टाइप करिए एस्ट्रो एस्ट्रोबीदाशीस हमारा पेज खुलकर चला आएगा वहां पर भी लाइक करना ना भूलिए तो चलिए दर्शकों मेष राशि की ओर पढ़ते हैं तो मेस राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो सितारे कहते हैं मेस राशि के जो हमारे जातक है कि आज सारा दिन यात्राओं का दिन रहने वाला है इसके साथ साथ आज घर परिवार में संतान पक्ष से हो सकता है कि कुछ आपके साथ संभव है करियर या परिवार के मामले में आज कोई बहुत बड़ा फैसला आप लेते हुए नजर आएंगे इसके साथ साथ पैसों के मामलों में जो है आज आप सिर्फ वही कहें और करें जिसके लिए आज, आज आपका मन राजी हो रहा है सेहत कुछ पहले से आपकी ठीक होती हुई नजर आएगी इसके साथ साथ आज धार्मिक यात्राओं का योग मेष राशि के जातकों के लिए बन रहा है मेष राशि के जातकों के लिए विशेष यही बताना चाहेंगे कि आज आपका जो है कोई पुराना मित्र उनके साथ आज आपकी मुलाकात हो सकती है और हुए दिख रहे हैं तो उपाय क्या करना है तो मेष राश के जातको उपाय के तौर पर सिर्फ इतना करिएगा आज आंवले का जितना अधिक आप सेवन कर सकते हैं उतना अधिक आपको सेवन करना रहेगा और शुभ कलर की यदि आज हम बात कर रहे हैं तो रेड कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात कराएं तो अंक पांच आपका शुभ अंक रहेगा आपको बी नाम यू नाम के लोगों से बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है चलिए अगली राशि पर बढ़ते हैं तो वृषभ राशि वृषभ राशि पर आगे बढ़े कुछ कमेंट ले लेते हैं गोपी किशन जी लिखते हैं भैया प्रणाम तो गोपी जी नमस्कार अंकित जी लिखते हैं नमस्कार जी अंकित जी और अनिता जी लिखती हैं अनीता जी नमस्कार आपको उसके बाद साहब लिखते हैं मेरा नाम सुनील घोष तुला राशि जी चलिए सभी लोगों को देखिए नमस्कार राम राम आप लोगों का दिन बहुत ही अच्छा बीते और ऋषभ राशि की हम बात करते हैं तो ऋषभ राशि के लिए सितारी यही कहते हैं कि आज कोई गुड न्यूज आपको मिलती हुई नजर आ रही संतान पक्ष के तरफ से आ रही सारी चिंताओं का आज अंत होता हुआ दिख रहा है अचानक धन लाभ हो सकता है जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ विचार विमर्श हो सकता है दिन अच्छा रहेगा आज आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा कुल मिलाकर के सफलता प्राप्त करने वाला आज दिन है आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा रहेगा व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत सामान्य रहने वाला है किसी बात या स्थिति को लेकर आज, आज आपके मन में कोई डर सता सकता है कोई भी काम सावधानी से करना होगा आज कोशिश पूरी करिएगा कि पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम रहे कर रहे हैं तो उससे आज, आज आपको थोड़ा सा सावधान रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं भावनात्मक संबंध आज बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ होंगे मजबूत होंगे आज लव लाइफ के लिए दिन अच्छा हो सकता है अधिकारियों की तरफ से तनाव बढ़ सकता है कोई अच्छी खबर आज आपको मिलेगी स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहने वाला है खास करके यदि आज आपका कोई एग्जाम है तो एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा होगा सफल होगा डार्क पिंक कलर आपका शुभ कलर है अंक दो आपका शुभ अंक है एम नाम एन नाम के लोगों से बचना है सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर करिए करिएगा शीतलता आएगी चलिए जेमिनी की ओर बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर अच्छा दर्शकों एक चीज पंचांग में हम आज आपको देखिए बताना भूल गए थे अब आप बता सकते हैं क्या बताना भूले थे देखिए प्रतिपता को कल भी हमने बताया था कि कद्दू का सेवन नहीं करना चाहिए और द्वितीय तिथि आज लग जाएगी तो तिथि अर्थात कटेरी इसको बोलते हैं तो कटहल का भी आज सेवन नहीं करना चाहिए इसको दान करना और द्वितीय तिथि के दिन खाना दोनों ही शास्त्रों में हमारे मनाही है और नंदा नाम के तिथि से विख्यात ये हमारी प्रतिपता तिथि है तो मिथुन राशि की ओर पढ़ते हैं तो आज कोई बड़ा काम या बड़ी टास्क का जिम्मेदारी आपको जो है पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं नए मौक़ों का फायदा उठाने के लिए आज तैयार रहिएगा आमतौर पर आज आपकी बात लोग सुनेंगे और मानेंगे भी समय बिताने का कोई नया तरीका आज आपके माइंड में आएगा घूमने के लिए आज जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं अपने सेहत पर आज, आज आपको ध्यान देना रहेगा कोई नया काम करने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें आज आप थोड़े से जिद्दी रवैये के कारण हो सकता है कि हाथ में आया हुआ कुछ मौका लूज होता हुआ दिखे व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी आप दोस्तों के किसी भी मामले में पढ़कर अपनी दिनचर्या मत खराब करिएगा अपनी जुबान को खराब मत करिएगा तो जेमिनी राशि के जात को करना क्या है देखिए पांच लॉन्ग ले लीजिएगा फूलदार फूलदार लौंग लीजिएगा थोड़ा सा कुमकुम -कुम लगा दीजिएगा उस पर और पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा बस इतना ही छोटा सा आपको उपाय करना है आपके लिए ग्रीन कलर शुभ कलर है अंक तीन आपका अंक आपका शुभ है ओ नाम जी नाम नाम जी और आर नाम के जितने भी लोग हैं इनसे आज विशेषकर आपको जो है बचना है बचाव करना है तमाम लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम आ रहा है प्लीज आप लोग फेसबुक पेज पर जाइए क्योंकि अभी नया ही पेज बना है तो उस पेज को भी आप लोग उसी प्रकार से प्यार दीजिए तमाम ब्लॉग वगैरा जो हम लिखेंगे उस पर अपडेट किया करेंगे फेसबुक पेज पर तो दर्शकों फेसबुक पेज एस्ट्रोबी दी से आप कर लीजिएगा हमारा वो फेसबुक पेज है और उसको आप लाइक कीजिए उसको आप आगे बढ़ाइए कर्क राशि कैंसर आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो परिस्थितियों के साथ आज आप तालमेल बैठाते हुए नजर आएंगे चूंकि रात में साढ़े बजे तक तो चंद्रमा आपकी आज कुंडली में रहेगा कर्क राशि इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेगा अचानक धन लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे प्रगाढ़ होंगे मजबूत होंगे दिख रही है पैसों के मामलों में आज अच्छा समय है लेन देन के लिए बहुत अच्छा समय समाज में आज आपकी जो है अच्छी इमेज बनेगी धार्मिक कार्यो में आज आपका पूरी तरीके से मन लगेगा कोई मांगलिक कार्य भी आज आपका पूर्ण होता हुआ नजर आएगा आज, आज जल्दबाजी में किए गए काम बिगड़ सकते हैं कोई नकारात्मक संकेत मिले तो संभल जाएं जोखिम लेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी व्यर्थ के बाद विवादों में आज कर्क राशि के जातकों को नहीं पढ़ना है और आज अपने जीवन साथी की भावनाओं का आपको जो है ख्याल रखना है पार्टनर के को आज आपकी जरूरत है आप खुद पर जिस शांति और प्रेम की तलाश में है वो आज आपके जीवन साथी के साथ ही मिलेगा करना क्या उपाय क्या करना है आज कोशिश कीजिएगा केसर का यथास्भव के सेवन करिएगा खीर बना लीजिएगा उसमें केसर डाल करके खाइए बहुत ही अच्छा रहेगा दूसरा एक उपाय बता देते हैं ये देखिए गिलास हमारी रखी रहती है चांदी की गिलास जितना अधिक चांदी के गिलास में जल का सेवन करेंगे उतना ही चंद्रमा आपका स्ट्रांग फल देगा अच्छा हम ये चांदी के गिलास में क्यों कहते हैं कि आप लोग चांदी के गिलास में जल का सेवन करिए इसका रासायनिक जो सूत्र है इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में ए ठीक वो वाला ए नहीं पति पत्नी वाला एजी अर्थात सिल्वर तो सिल्वर में तमाम ऐसे गुड़ होते हैं चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है और यदि आप गौर करें तो ये भी देखिए कि जो है पुराने जो हमारे राजा महाराजा लोग थे वे चांदी के बर्तनों में सोने के बर्तनों में ही जो है खाना वगैरह कर खाते थे क्यों खाते थे क्योंकि इसके जो औषधीय गुण है वो आपके बॉडी में प्रवेश करे तो चांदी के गिलास में आपको जल पीना है जल का अधिक से अधिक सेवन करना रहेगा शुभ कलर की हम बात करें, जितने भी नाम है इनसे आज बिल्कुल रडारे इनके आप रहेंगे तो इनसे बचकर रहना है और चांदी के गिलास में जल का सेवन करना है चलिए सिंह राशि की बात करते हैं शेरों की राशि हमारे भाई साहब चंद्रमा आज आप ही के जो है राशि में गोचर कर रहे हैं तो मुस्कुराइए कि चंद्रमा आपकी राशि में है कहते नहीं मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं तो मुस्कुराइए कि चंद्रमा आज आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं आज आपका जो है चाहे यश हो कीर्ति हो पराक्रम हो सब कुछ निखरता हुआ नजर आएगा इसके साथ साथ आज यात्राओं का योग बन रहा है बिजनेस में भी तमाम प्रकार के लाभ होने के योग बन रहे हैं भविष्य के लिए कुछ आज नया निवेश आप करते हुए नजर आएंगे कुछ पैसा बचत करते हुए प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे आज आत्मविश्वास रखें आपको जो जरूरी काम हो उसको पहले निपटा लीजिएगा और थो, थोड़े से मतलब मेहनत में आज आपको ज्यादा सफलता यहां पर प्राप्त होती हुई दिख रही है नए और पुराने लोगों से महत्वपूर्ण संबंधों संबंध बनने का योग बन रहा है ग्रह की स्थिति आज आपको जो है कुछ थोड़ी बहुत मानसिक वेदना दे सकती है चूंकि देखिए सिंह जो राशि होती है ये उग्र राशि होती है अग्नि तत्व की राशि होती है और चंद्रमा क्या है जल है एक गर्म ताबा होता है उस पर आप पानी की कुछ बूंद डालिए तो छा जाता है तो सेम वही स्थिति रहने वाली है तो जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत वाद विवाद होता हुआ देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है आज फालतू के कामों में ज्यादा आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा और एक चीज और रहेगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज आप कोई गैजेट परचेज करते हुए नजर आएंगे नए लोगों से दोस्ती भी आज आपकी संभव है आज करना क्या है जितना अधिक हो आपको भी जल का सेवन करना है चांदी के गिलास में करें तो बेहतर है दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है आज आपको सूर्य देव को अर्घ देना है जल में रोली गुड़ डालकर देना है और आदित्य हृदय स्त्रोत इसका तीन बार आज आपको पाठ करना रहेगा रेड कलर आपका शुभ कलर है अंक नव आपका शुभ अंक है और जी हाँ वी नाम जी नाम और यू नाम इतने लोगों से आज आपको जो है बचकर रहना है शेर हमारे जितने हैं और चलते हैं कन्या राशि की ओर तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो कन्या राशि के जो हमारे जातक ये वीडियो देख रहे हैं आज प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आएगा विदेशों से खास करके आज आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी व्यापार के सिलसिले में आज आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ेगी और वो यात्राएं काफी हद तक की सफल होती हुई नजर आएगी कुछ समस्याओं का समाधान आज आपको अचानक से मिलता हुआ नजर आएगा स्थिति आपके अनुरूप रहेगी आज बिजनेस में फायदा का योग है संतान का आज आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है केयरिंग करना है सेहत के मामलों में दिन ठीक ठाक रहेगा नौकरी धंधे में आज आपको उन्नति और वेतन वृद्धि का मामला कुछ दिनों के लिए जो है हो सकता है टल जाए ऑफिस में आप गुप्त रूप से होने वाले कामों में सक्रिय रहेंगे चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकते हैं थोड़े सावधान रहिएगा कोई स्थिति भी अचानक बन सकती है घरे ऑफिस करना क्या है घरे ऑफिस में जो भी दरवाजे जो है जिनमें कुछ प्रकार की खोलने पर आवाजें आती है तो उसको आज आपको ऑयलिंग करनी रहेगी कोशिश कीजिएगा ये दूसरी सबसे बड़ी चीज छोटी कन्याओं को आज आपको कुछ टॉफी हुआ चॉकलेट हुआ कोई मीठी चीज हुई आप उनको जो है दीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ जो गलत फहमिया है आप ही थोड़ा सा झुक जाइएगा छोटे बन जाइएगा और बाकी सब कुछ ठीक रहेगा दिन पूरा अच्छा जाएगा ग्रीन कलर शुभ कलर है अंक आठ आपका शुभ अंक है आपको एम नाम टी नाम और पी नाम के लोगों से बहुत ही ज्यादा अलर्ट की जरूरत है कुछ कमेंट ले लेते हैं देखिए है, रजत तिवारी जी जिन्हें कमेंट किया है रजत तिवारी त्रिवेदी जी गुजरात से है चलिए जी रजत जी आपका स्वागत है गगन जी लिखते हैं आप नाम के अकॉर्डिंग बताते हो या डीओबी के अकॉर्डिंग गगन जी ये जो हमारा राशिफल है ये हमारा राशिफल आपके जन्म राशि चंद्र चंद्रमा जिस घर में बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग ये हम बताते हैं दूसरा आपने ये पूछा कि नाम राशि तो इसमें नाम राशि भी हमने इंक्लूड कर दी राशिफल दोनों के अनुसार हम बताते हैं सचिन जी लिखते हैं सादर तो सचिन जी सादर और प्रिया मिश्रा जी लिखती हैं नमस्ते प्रिया जी नमस्ते निधि जी प्रणाम निधि जी उमेश यादव जी लिखती है मेरी राशि में क्या लिखा है उमेश जी आप अपना राशिफल देखिए आपको पता चल जाएगा तो तमाम हमारे दर्शक लोग हैं अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही देते रहते है। हैं चलिए तुला राशि की ओर पढ़ते है तो आज एकाग्रता के बल पर तुला राशि के जातक बहुत कुछ हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं योग का सहारा लीजिएगा ध्यान का सहारा लीजिएगा, मन में उत्पन्न हो रहा जो विस्फोटक है ज्वालामुखी है ये आज कुल मिलाकर के ठीक हो जाएगा भविष्य को लेकर मन में जो आशंका है आज आसानी से जो है उसका कुछ समाधान आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे दोस्तों और परिवार का पूरा सहयोग मिल सकता है कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है ऑफिस में किसी की बुराई करने से बचिएगा कुछ फालतू की जो है जो बातचीत होगी उसमें आज आप अपना समय खराब मत करिएगा इसके साथ साथ आज व्यर्थ की भागदौड़ व्यर्थ की हमने क्यों कहा क्योंकि आज आप जो भागदौड़ करेंगे विज्ञान की भाषा में ये होगा कि आपका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा विज्ञान की भाषा में आपने जीरो वर्क किया तो व्यर्थ की भागदौड़ भरी दिनचर्या रहेगी वाहन में कुछ खराबी हो सकती है गड़बड़ी हो सकती है तो हो सकता है कि आज उसमें कुछ आपको पैसा लगाना पड़े इसके साथ साथ भविष्य को लेकर कई आशंकाएं आपके मन में आएंगी दिल दिमाग में भावनाएं उफान पर रहेंगी खुद पर कंट्रोल करिएगा पार्टनर के साथ दिन अच्छा बीतेगा सहयोग का नीचर रहेगा पार्टनर का चलिए आज करना क्या है देखिए सबसे पहले जो छुहाड़े होते हैं सात छूखे सूखे छुहाड़े आपको लेने हैं और इसको आपको गणपति जी को जाके चढ़ा देना है और ऑरेंज कलर आपका शुभ कलर आज के लिए रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा आर नाम टी नाम एम नाम टी एम के लोगों से आपको बहुत ही ज्यादा विशेष सावधान रहने की जरूरत है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं इनके लिए आज निवेश का जो मौका अगर आज मिलता अगर नजर आ रहा है तो प्लीज निवेश मत करिएगा अन्यथा आज आप हानि उठा जाएंगे ऑफिस में एक्स्ट्रा वेतन के लिए आज आपको एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़ेगा ओवरटाइम करना पड़ेगा जिम्मेदारी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ नजर आएगा आज रचनात्मक कामों और नए विचारों के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है किसी अनजान अनजान के सहयोग से आज आपका काम पूर्ण होता हुआ नजर आएगा पैसों से जुड़ा आपने जो फैसला लिया था उसके सुखद परिणाम आज आपको मिलते हुए नजर आएंगे इसके साथ-साथ राशि के लोगों बिना सोचे समझे जोश में आकर कोई कार्य आज आपको शुरू नहीं करना है आज आप खुद अपने ही विचारों में उलझ सकते हैं वाड़ी पर संयम रखिएगा मतभेद के कारण थोड़े से आप परेशान रहेंगे पैसों से जुड़ा कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा जूनियर स्टाफ के साथ कुछ कहा सुनी भी हो सकती है करियर के लिहाज से मेहनत करने वाला दिन है खास करके जो आज विद्यार्थी वर्ग ये वीडियो देख रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं हमारे जितने भाई लोग हैं भाई लोगों आप लोग थोड़ा सा परिश्रम करिए देखिए फिर क्या मजेदार आपकी गाड़ी चलती है करना क्या है आज आपको पीपल के वृक्ष में आज आगे आगे आगे आपको जल में रोली डाल करके चढ़ाना है और एक घी का चौमुखी दीपक जलाना है हमने एक चौमुखी क्यों कहा अब आप लोग हमारे हर एक बातों में बहुत ही ज्यादा तथ्य छिपे रहते हैं हमने कहा ना चौमुखी दीपक चलिए आज इसका भी राज खोल देते हैं चौमुखी दीपक जलाने से यह होगा कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हाँ चार दिशाए तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चारों दिशाओं से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी इसीलिए हम चौमुखी दीपक कहते हैं चौमुखी मतलब एक दीपक उसमें चार रुई की बत्ती निकली रहती है चार तरफ से जलती है तो चौमुखी दीपक आज आपको जलाना रहेगा चलिए शुभ कलर की बात करते हैं तो लाइट येलो कलर आपका शुभ कलर रहेगा आपके लिए शुभ अंक है अंक आठ आज आपको पी नाम टी नाम टी फॉर तमिलनाडु और यू नाम यूनाइटेड स्टेट वाला इनसे रहने की जरूरत है तो अगली राशि की ओर बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती धनु सजिटेरियस तो धनु राशि से पहले फिर बता रहे हैं दर्शकों यदि अभी तक आपने फेसबुक पेज को हमारे लाइक नहीं किया है तो हमारा फेसबुक पेज है एस्ट्रोबीदाशीस आप फेसबुक पर जाकर उसको लाइक कर लीजिए और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए उस पेज पे जितने ज्यादा जो है विवर आएंगे उतना ही ज्यादा जैसे आप इस पेज को जो है एच ओ बी दासी यूट्यूब के पेज को आप लाइक करते हैं फेसबुक पेज पर भी जाकर आप करिए नए नए ब्लॉग पढ़ने पर उस पर उसको आप पर मिलेंगे उस पेज पर भैया कल रुद्राभिषेक करवा सकते हैं क्योंकि संडे को ही टाइम मिलता है सचिन जी देखिये शिव वास का देखना पड़ता है कि शिव जी कहाँ वास करते हैं तो अच्छा रहेगा कि किसी योग्य ब्राह्मण से पहले शिववास दिखा लीजिएगा तब आप रुद्राभिषेक करवाइएगा। सबसे बेहतर तरीका देखिए यही है अगर पता चला में हैं, वैसे तो श्रावण मास में कहते हैं कि हर दिन लेकिन फिर भी पूजा का अच्छा फल मिले तो यह देखना है कि शिव आपको दिखवाना है शमशान में तो नहीं है या जो है क्या कहते हैं और किसी काम में तो नहीं है तो तमाम चीजें देख लीजिएगा सिवास उसके अनुसार आप रुद्राभिषेक करवाइएगा और यह भी मायने रखता है कि आप किस चीज से रुद्राभिषेक करवाते हैं जैसे दूध से जो रुद्राभिषेक होता है वो संतान प्राप्ति के लिए होता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से होता है गुड़ के रस से होता है शत्रुओं के दमन के लिए सरसों के तेल से होता है यदि आप बीमार हैं तो कुशा के जल से होता है तमाम देखिए चीजें हैं रुद्राभिषेक की तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि धनु राशि की ओर तो धनु राशि के जात को आज कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलता हुआ नजर आ रहा है आज आपको जो है बिजनेस में खास करके जो हमारे कपड़े से रिलेटेड व्यापारी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक बहुत ही अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है छोटी यात्राओं का योग बन रहा है आज सलाह देने में संकोच मत करिएगा दे डालिएगा संबंधों में मधुरता बढ़ेगी कोई बड़ा काम आज पूर्ण होता हुआ नजर आएगा व्यवहारिक बातों को छोड़कर आज आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी व्यवहारिक बातों का मतलब है कि आज आप बहुत ज्यादा व्यवहारिक रहेंगे रिश्तों के मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा खास करके जीवन साथी के साथ बातें कुछ सेंसेटिव हो सकती हैं अपने क्रोध पर अपने वाणी पर जुबान पर कंट्रोल रखिएगा और स्वस्थ शब्दों का ही चयन करिएगा बातचीत करने में आज लापरवाही के कारण प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला आपका उलझता हुआ दिख रहा है जो हमारे धनुराश के जातक हैं विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन मध्यम रहेगा बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते ना बहुत खराब है लेकिन मध्यम रहेगा किस्मत के साथ कुछ आज यहाँ पर अवरोध होता हुआ दिख रहा है आज यदि अभी तक आप अविवाहित है विवाह का नया प्रस्ताव यहाँ पर देखिए प्राप्त होता हुआ दिख रहा है करना क्या है जो आपको आज भगवान शिव पर जल से अभिषेक करना है और शमी पत्र चढ़ाना है भगवान भोलेनाथ पर रुद्राष्टक का पाठ है नमामिण रूपम विभूम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदा भजे हम इस पाठ से जो है अभिषेक करिएगा रुद्राष्टक का पाठ है गूगल कर लीजिएगा हमारे कम्युनिटी टैब में चले जाइएगा तमाम जगह आपको ये मिल जाएगा शुभ कलर की बात करें तो व्हाइट कलर आपका शुभ कलर है अंक नौ आपका शुभ अंक है जी नाम ए नाम नाम ए और आर नाम के लोगों से सावधान सावधान रह, रहना है चलिए कैप्रिकॉन की बात करते हैं मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि के जो हमारे जातक ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आज का राशिफल ये है कि पैसों से जुड़े कई मामले आज आप सुलझाते हुए यहाँ पर नजर आ, आ रहे हैं उधार यदि आपने पैसा दिया हुआ है तो आपको पैसा वापस मिलता हुआ आज दिखेगा आपके सामने कामकाज और पार्टनर या में आज हो सकता है कि कोई बात बिगड़ जाए उस दोस्तों के साथ भी अनबन होती हुई आज दिख रही है आज आप कोई काम जल्दबाजी में ना करें तो अच्छा प्रातः काल से यात्राओं का योग है पार्टनर से बिना सलाह आज, आज आप कोई काम ना करिएगा आपके नहीं तो सारे काम अटकते हुए यहाँ पर नजर आएंगे रोजमर्रा के लिए कुछ कामों में जो है तनाव हो सकता है और संतान पक्ष से भी हो सकता है कि आज आप बहुत दुखित हो जाएं भावनाओं में आकर आप उनको कुछ कह दें तो अपने जुबान पर संयम रखना है तमाम देखिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कमेंट कर रहे हैं आप लोग फेसबुक पेज पर भी एस्टोबी दास पेज पर जाकर लाइक कर लीजिए उस पेज को और शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फेसबुक पेज पर तो मुकेश कुमार जी लिखते हैं फ्री कुंडली कब बताओगे गुरु जी आई एम वेटिंग मुकेश जी हमने आपको सितंबर बताया तो है अभी उसको देखने दीजिए कोई कसम नहीं खाए बैठे हैं बीस लोगों की ही देखेंगे मर्जी आएगी चालीस लोगों की देखेंगे थोड़ा सा वक्त रखिए समय रखिए हम उन एस्ट्रोलॉजर में से नहीं है कि बीस लोगों की बताए और पता चला रहे हमने तो बीस देख ली हमारा ओवर हो गया ये नहीं रहेगा जो रहेगा जो लोग रहेंगे जेन्यून आके यहाँ पर कमेंट करेंगे और आपके सामने ही जो है सब लोगों का जो है नाम ओपन किया जाएगा चलिए हेमलता जी लिखते हैं गुरु जी केमद्रुम योग के बारे में बताइए केमद्रुम योग चलिए बताए देते हैं थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं देखिए केमद्रुम योग होता क्या है अपने कुंडली में सब लोग देखिएगा चंद्रमा ठीक चंद्रमा जहां बैठा होता है उसके एक घर आगे और उसके एक घर पीछे यदि रिक्त है कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो केमद्रुम योग बनता है अब पंडित लोग लूटते कैसे हैं हम आपको बता देते हैं चंद्रमा के साथ सपोज कोई ग्रह बैठ लिया मंगल ही बैठ गया और उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं बैठे हैं तो पंडित लोग कहेंगे केमद्रुम योग है कदापि वो केमद्रुम योग नहीं होता वहां पर तो केमद्रुम भंग हो गया ना मंगल चंद्र मंगल बैठ के महालक्ष्मी योग बना दिया तो ये सब चीजें होती हैं चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर पीछे जब कोई भी ग्रह नहीं होता है और चंद्रमा अकेला रहता है तो वहां पर तो लाइव चुकी हमारे, ले ले हमारे राशिफल कुंडली कब देखिए आप लोगों को स्पेलिंग टाइप करना नहीं आता किंडली कब टाइप जो है मतलब इन्होंने लिखा है चलिए भैया कल तमाम चीजें जो है गगन कौर अरे जम्मू प्लीज मुझे फ्यूचर का बताओ चलिए मैं हैंडी कैप्ट हूँ गगन कौर जी प्लीज़ हमारा जो फ्री कुंडली वाला वीडियो है आपको बताए दे रहे हैं आप उसमें उस पर जा करके कमेंट कर दीजिए उस वीडियो में जा करके और हमारे फेसबुक पेज पर भी जो है लाइक जाके एस्टोबिदासी पेज पर आप लोग कर दीजिए क्योंकि फ्री कुंडली के बारे में हम पर भी नाम की घोषणा करेंगे एक दिन पहले ही करेंगे तो आप लोग एस्टोबी दासी फेसबुक पेज पर जाकर ये कर सकते हैं और प्लीज़ आप वहाँ कमेंट करिए आप चूकी हैंडीकैप्ड हैं हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं तो एक नाम आज आपका आउट हो गया है गगन कौर जी ठीक है तो गगन कौर जी की कुंडली हम बिल्कुल निशुल्क देखेंगे प्लस बीस लोग इसमें अभी शामिल रहेंगे तो कैप्रिकॉन के बारे में चलिए बता देते हैं कैप्रिकॉन को तो हमने लगभग बता ही दिया है तो कैप्रिकॉन जो है कौन वाले जो जातक हैं उधार के लेन में आज आपको कुल मिलाकर के फंसना नहीं रहेगा और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा आज समय नहीं है थोड़ी बहुत जो है सफलता ही मिलेगी लेकिन जिस उम्मीद से आज आपने आशा की होगी आगे बढ़ने की वो नहीं मिलेगी पार्टनर या साझेदारी की कोई बात आज, आज आपकी बिगड़ती हुई नजर आएगी कुछ दोस्तों के साथ भी अनबन हो सकती है तो मकर राशि के जात को भगवान भोलेनाथ पर हमने आपको बताया था कि अभिषेक करना है ब्राउन कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा पी नाम आर नाम के लोगों से अलर्ट रहना है और अंक चार आपका शुभ अंक रहेगा कुंभ राशि, आज का राशिफल भविष्य क्या कहती हैं? तो आज आप लंबे समय के लिए यदि आप कोई निवेश कर रहे हैं तो आपको उत्तम परिणाम मिलेगा मन लगाकर कोशिश करिए तो आने वाले दिनों में आज आपकी स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है दूसरों की जरूरतें आज आपको आसानी से समझ में आएंगी और आप उनको पूर्ण करते हुए नजर आएंगे शाम को भाइयों और पड़ोसियों के साथ अच्छा समय बीतेगा आज घर में कुछ मांगलिक कार्य धार्मिक कार्यो का भी जो है देखिए होता हुआ दिख रहा है चूकी आज आप विवादों में उलझ सकते हैं पुराने दुश्मन आज आपको कुछ गुप्त शत्रु परेशान करेंगे आज आज पूर, आज आज असंतोष का मामला खुलकर आज आपके सामने आएगा आज, आज, आज, आज, आज लव लाइफ की हर बात खुलकर सामने आएंगे और कुछ गलतफहमियां जो चली आ रही थी कई दिनों से ये दूर होती हुई नजर आएंगी करना क्या रहेगा जल में आपको एक चुटकी कुमकुम डाल करके रोली जिसको बोलते हैं इसको डाल करके स्नान करना रहेगा और आपको आज पीपल के वृक्ष पर कच्चा दूध थोड़ा सा चढ़ा दीजिएगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा लाइट ब्लू कलर आपके लिए या कोरल ब्लू कह लें तो कोरल ब्लू कलर आपके लिए बहुत शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक नौ आपका शुभ अंक रहेगा एस नाम टी नाम बी नाम के लोगों से विशेष सावधानी बरतनी अंतिम राशि मीन राशि तो मीन राशि के जात को आज अपने ऊपर भरोसा रखिएगा दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत रखिएगा किसी को आज आपको पैसा और धन नहीं देना है सितारों का मिलाजुला असर आप पर कुल मिलाकर के रहेगा इसके साथ साथ आज कुछ लीडरशिप करते हुए आप नजर आएंगे कुछ ऐसे टास्क आपको मिलेंगे कि उसमें आप लीडरशिप करें अग्रिम आगे ही आप रहेंगे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ संबंध में मधुरता है कि परिवार से जुड़ी परेशानियां खत्म हो सकती है दूसरों की मदद करने के लिए उनके लिए जो है थोड़ा सा जो है पेचीदा दिन रहने वाला है उनको आज बहुत ही संभल कर रहना है यात्राओं का योग बन रहा है और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिलाकर के सामान्य रहेगा पार्टनर के साथ समय बिताने का आज आपको मौका मिलेगा किसी ब्राह्मण को अनार का जो है जूस आप दे सकते हैं पीने के लिए अनार आप किसी मंदिर में जाके दो या तीन अनार आप अनारीजिएगा कलर कलर नाम, नाम बहुत विशेष सावधान रहने की जरूरत है तो दर्शकों ये तो था देखिए अब हमारा राशि फल एक उपाय आप लोगों को चलिए बता देते हैं जितने भी हमारे दर्शक है छोटी सी टिप से इसको अपना लीजिएगा आजमा लीजिएगा देखिएगा कितना सकारात्मक आपके अंदर जो है वातावरण बनेगा तो दर्शकों चूंकि आज संडे दिन है भगवान भास्कर का भगवान जो है सूर्य का दिन है तो तांबे के एक लोटे में आपको जो है लेना क्या है लाल रोली लेनी है थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा और टर्मरिक अर्थात हल्दी ले लीजिएगा और एक लाल पुष्प ले लीजिएगा इन सबको अच्छे से जब मिक्स कर लीजिएगा तो भगवान सूर्यदेव को आपको अर्घ देना रहेगा तीन बार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना रहेगा और वहां पर धूप बत्ती अगर बत्ती दिखा के तब वहीं पर सामने ही बैठ के आप, आप आपको पाठ करना आप कुछ लोग कहेंगे आशीष जी बदली है बिल्कुल आप अर्घ दीजिए बदली है तो भगवान सूर्य तो निकले हुए हैं उनको बादलों ने तो ढका है वो तो आपको देख रहे हैं और कोशिश कीजिएगा पश्चिम दिशा की ओर आज यात्रा नहीं करिएगा बहुत आवश्यक होगा तो पान और घी खाकर ही यात्रा करिएगा दर्शकों आपको हमारा ये राशिफल कैसा लगता है राशि भविष्य कैसी लगती हैं प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से जो है हमको अवगत कराएं और हमारे फेसबुक पेज एस्ट्रो विद आशीष को जा करके आप लोग लाइक कर लीजिए बहुत आपका आभार रहेगा और यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब वीडियो को कीजिए लाइक और इस वीडियो को भी जमकर शेयर कीजिए और बेलाइकन को जरूर दबाइए दीजिए अपने इस जोशी इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुभ हो